एक भूखे भूखे चार ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन लोगों से इन चार लोगों से कभी मदद मांगना वो चार लोग कौन कौन से होते हैं चाहे किसी भी मुसीबत में आ जाए चाहे भूखे मर जाए लेकिन कभी भी इन चार लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए जय श्री राम दोस्तों कैसे हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे स्वागत है आपका हमारे प्योर मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में चाहे मुसीबत कोई भी हो चाहे कुछ भी करना पड़े चाहे भूखे मर जाए लेकिन कभी भी इन चार लोगों की मदद नहीं लेनी चाहिए दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को पूरा पूरा तक तक देखें क्योंकि जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक कोई भी बात समझ में नहीं आएगी और जब आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तब हमारी पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगी चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं तो एक समय की बात है एक जंगल में एक पेड़ पर कौ का एक जोड़ा रहा करता था मेरे दोस्तों, एक दिन उस जंगल में दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए चारों तरफ निगाहें घुमा करके देख रहे थे कि कहीं कोई भी हमें शिकार मिल जाए हमें भोजन मिल जाए ताकि हम अपना पेट भर सकें। लेकिन उस जंगल में अकाल पड़ चुका था सभी जानवर पक्षी वहां से निकल गए थे मेरे दोस्तों एक दिन नहीं बल्कि कई दिन हो गए थे उन्हें भोजन नसीब नहीं हुआ दोनों भूखे बैठे हुए थे तब क्या हुआ कहीं से एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर उसी पेड़ के नीचे आकर खाने लगी तो जो कौवा की मादा सा थी यानी कौए थी बोली बहन आज दो दिन हो गए हैं हमें कुछ खाने को नहीं मिला अगर तुम मुझे कुछ दे देते आपकी मेहरबानी होती तो मुझे भी कुछ खाने को मिल जाता तो मन मन ही विचार मन किया और और ऊपर ऊपर देखी बोली वाह का जोड़ा बैठा हुआ है फिर विचार किया कि ये सिकार को ये मांग रही है लेकिन कौवा तो जानता था कि लोमड़ी कपट से भरी हुई होती है हर समय लेकिन लोमड़ी मन में कपट भाव से बोली सुन आ अगर तू मांग ही रही है तो मैं तुझे जरूर दूंगी और इसे खाकर अपना पेट भर लेना लेकिन लोमड़ी के दिमाग में विचार आ रहा है कि जैसे ही ये नीचे आएगी तो शिकार का टुकड़ा छोटा सा है इसे तो नहीं दूंगी लेकिन पकड़ इसे भी खा जाऊंगी मेरे दोस्तों जैसे ही वो कौवी उड़ने को तैयार हुई कौवा एकदम से पकड़ बैठा लिया और बोला तू पागल है बिल्कुल जा रही है? है, है, है, रही है? है? है? है? है? तुझे तुझे मालूम नहीं नहीं ये ये कौन भी जिंदा जाएगी। और तू इससे तो तेरी मदद जीवन में नहीं करेगा। बोली, तुम? अभी तुम्हारे सामने ही मैंने पूछा था और इसने हार ही कर दिया कौआ बोला हाँ कर दी मैं मानता हूं लेकिन जैसे ही तुम नीचे गई तो ये अपने उस शिकार के टुकड़े को बाद में खाएगा पहले तुम्हें खाएगी जो तू तो आज बेकूफी करने जा रही है ना वही बेकूफी कुछ दिन पहले एक तोता की जोड़ी भी की थी सुन मैं तुझे बता रहा हूं जिस जंगल में हम लोग रह रहे हैं इसी जंगल में एक पेड़ के बिल में एक तोता का जोड़ा रहा करता था और उसी पेड़ के दूसरे बिल में एक सर्प भी रहा करता था सर्प इतना दुष्ट था, इतना था इतना अत्याचारी कि जब वह तो अंडे तब तब तो कुछ कर भी नहीं सकते थे मेरे दोस्तों एक बार हुआ कई बार हुआ बार बार हुआ जब भी अंडे से बच्चे निकलते तभी दुष्ट सर्प जाकर उन चूजों को उन अंडो को खा लेता था अब तो आप जानते ही हो माँ की ममता क्या होती है तोती बहुत रोती थी एक दिन तोती पेड़ पर बैठी ही रो रहे थी। तभी उस दाल पर एक जल बैठ गया और रोते हुए तोती से बोला क्यों भाई, क्यों भाई रो रहे हो बताओ तो, तो तोती बोली क्या क्या बताऊं जिस पेड़ में हम लोग रहते हैं उसी पेड़ के दूसरे बिल में दूस एक दुष्ट सर्प भी रहता है और जब जब मैं अंडा देती हूँ तब तब वो खा जाता है मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता जलकाक बोला, तुम तो पागल हो रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए अगर शरीर में सामर्थ है तो लड़ना चाहिए अन्यथा अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए तोती बोली कैसे अगर इस सर्प को निकालकर कर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा तोती बोली, तो बोली बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा तो आप हमारे साथ चलिए तोती बोली कहा? हम तुम्हें एक झील के पास ले चलेंगे और वहां से मछलियों को पकड़ करके मेरे साथ लाना है। तोती ने कहा हम तो मछली उछली खाते नहीं तुम्हें खानी नहीं है केवल मेरे साथ लेकर आना है तोती बोली ठीक है मेरे दोस्तों वहीं से कुछ दूरी पर एक नेवड़ा रहा करता था तीनों जलकाक तोता और तोती झील से मछलियां मछलियों तो के के के ने एक -एक को नेवला के बिल के पास से सात के बिल के पास तक रख दिए कुछ समय बाद अब जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो देखा पर मछली पड़ी हुई है बड़ा खुश हुआ और और और बोला आज तो तो भगवान मुझे घर भोजन दे दिया, उसे खा खा लिया, लिया, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ा, तो और दीरे -दीरे आगे बढ़ा एक मछली दिखी, उसी भी ऐसे धीरे-धीरे करके बढ़ता चला गया। वहां जहां पर सर्प का बिल था बिल के द्वार पर पहुंच गया और बिल को लगा और नेवला को लगा कि अब इस बिल के अंदर भी मछली मिल सकती हैं। जैसे ही नेवला बिल के अंदर घुसा तो देखा कि अंदर वैखा हुआ है लेकिन इधर तोता, तोती और जलका बैठे पेड़ के डाली पर सब देख रहे थे मेरे दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि नेवला और सांप की दुश्मनी कितनी बड़ी होती है नेवला ने लड़ते लड़ते थोड़ी देर बाद उस सर्प को मार दिया जैसे ही सर्प को मारकर बिल से बाहर निकला जिसका मुख से सना हुआ था उसको देखकर देख दाली में बैठे हुए तोता और तोती बहुत खुश हुए और बोले भाई अरे नेवला भाई तुम्हारा दिल से धन्यवाद नेवला ऊपर देखा और समझ गया कि पूरी कारामात इन लोगों की है और बोला तुम लोग कौन तोता और तोती बोले हम है मेरे दोस्तों जैसे ही तोती नीचे आई उसके पास बैठी नेवला उसको भी मार दिया देखो इस जगह पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की थी एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद ली, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, हम चाहे कितने भी खराब परिस्थितियों में क्यों ना हों, हमें इन चार लोगों की कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए नंबर एक अपने दुश्मन की कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जो जो हमारा दुश्मन है अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वो समय देखकर तुम्हारे ऊपर जरूर करेगा। नंबर दो व्यक्ति से कभी भी किसी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति मदद तो कर देगा कर देंगे लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन तुम्हारे मुंह पर मार देगा नंबर तीन कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि जो लोग कपटी होते हैं वो लोग अपने दिल में कपट धारण किए रहते हैं और इसलिए ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए नंबर चार और आखिरी नशे में धूत आदमी से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि नशे में धूत इंसान तो मरेगा साथ में आपको भी ले डूबेगा जैसे कोई व्यक्ति नशे में बाइक से चला आ रहा हो और आप उसे मदद मांगेंगे यदि वो बाइक खाई में कुदा दिया तो तो क्या होगा आप समझ सकते हो तो दोस्तों आज की इस कहानी से केवल यही सीख मिलती है कि इन चार लोगों से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद जल्दी ही मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ जय हिंद